सुनो जननी सोई सुस्त बड़ भागे जेपी पी तुम्मा तू तु बचन मुरा सुनो जननी सोई सुस्त बड़ कल सं दुर्लभ जन कल संस भरत प्राण प्रिय पाविरा विधि the <laughs>